जैसा कि आपको मालूम है कि शेड बी के शेयरिंग इकोनॉमी अपने कस्टमर और यूज़र के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर चुकी है और उनके बहुत पैसे लेकर भाग गई है और अब इसकी ना तो साइट ही ओपन हो रही है और ना इसके एजेंट ऑनलाइन आ रहे हैं और इसके यूज़र को किसी तरह का कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आप इसके अगेंस्ट कैसे कम्पलें कर सकते हैं तो आज हम कम्पलन का दूसरा तरीका बताएँगे जिससे आपके पैसे भी वापस आ सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें अभी कुछ दिन पहले एक दूसरी कंपनी थी ओ बर्स उसने अपने कस्टमर के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया तो मेरे एक फ्रेंड ने उसके अगेंस्ट कंप्लेंट डाली दैजर पे पर तो उसका पैसा रिफंड आ गया था इसलिए मैं ये नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप में से किसी के काम आ जाए और आपका पैसा वापस आ सकें तो चलिए शुरू करते हैं आपको razorpay.com साइट पर आना होगा और इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है तो सबसे पहले साइन अप नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा तो सबसे पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा उसके लिए आप अपनी ईमेल से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट गूगल अकाउंट से भी कर सकते हैं अपनी वो ईमेल मेल चूज़ करेंगे जिससे आप इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा तो सिंपली आपको लॉगिन इन, इन पर क्लिक करेंगे फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर अपना नेम मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप का जो आइकन आ रहा है गेट अकाउंट अपडेट्स ऑन व्हाट्सएप इसको यहाँ पर चेक कर देंगे और फिर फिनिश पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा तो आप कोई से यहाँ से कट कर देना होगा और यहाँ पर हेडफोन का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे और राइट टू अस पर क्लिक करेंगे फिर नेक्स्ट करेंगे सेलेक्ट कैटेगरी पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी कैटेगरी चूज़ करेंगे ट्रांजेक्शन रिलेटेड को हम चूज़ करेंगे इस पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर डिटेल में अपने बारे में बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ रही है मैंने एक कंप्लेंट टाइप कर रखी है मैं उसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ आप डिटेल में यहाँ पर लिखेंगे और इसमें आपको अपना नेम और आपके साथ कब फ्रॉड हुआ वो डेट डालेंगे और आपने ट्रांजैक्शन कब किया था वो डेट भी डालेंगे और ट्रांज़ेक्शन आई भी डालेंगे और ईमेल आईडी भी डालेंगे अगर आप चाहें तो अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं ट्रांजैक्शन आईडी आपको उस ऐप से मिलेगी जहां से आपने पेमेंट की थी यानी इन्वेस्टमेंट करते समय जहां से आपने पेमेंट की थी पेमेंट करते समय आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी दी जाती है उसी को यहां पर फिलअप करना होगा मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे मैंने फ़ोनपे से ट्रांज़ेक्शन किया था तो हम अपना फ़ोनपे ओपन करेंगे देखिए मैंने ये अपनी ट्रांजैक्शन की थी और यहाँ दूसरी लाइन में लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन आईडी और कॉपी का आइकन भी आ रहा है इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ डेट भी लिखी हुई है कि किस डेट में हमने ये ट्रांजैक्शन किया था ये कि 12 दिसंबर 2020 है और इस डेट को भी वहाँ पर डाल देंगे इसके अलावा आपको इसमें अपना एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी डी फिलअप कर देंगे और अपना नेम डालेंगे इन्वेस्टमेंट डेट डालेंगे और आपके साथ फ्रॉड कब हुआ वो डेट डालेंगे फ्रॉड डेट आप 19 जनवरी डालिए और इसके बाद आप ड्रॉ फाइल हीयर पर क्लिक करके अपनी पेमेंट रिसीव को यहाँ पर ऐड कर देंगे और उसे फिर अपलोड कर देंगे सी ईमेल एड्रेस पर यहां आपको कुछ नहीं लिखना है ये ऑप्शनल है इसलिए आप इसके बाद डायरेक्ट सबमिट पर क्लिक कर देंगे मैंने यहां पर अपनी ट्रांजैक्शन रिसीप अपलोड कर दी है और फिर सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपकी रिक्वेस्ट पे को सेंड कर दी जाएगी यहां आपको ये टिकट नंबर मिला है इसको आप सेफ़ रखेंगे इसका स्क्रीन ले लेंगे और फिर डन पर क्लिक कर देंगे अब आप अपना ईमेल ओपन करेंगे देखिए रेजरपे की तरफ से हमें मैसेज आ चुका है इस पर क्लिक करेंगे और रिप्लाई पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर हम इनको टाइप करेंगे हम यहाँ पर यह टाइप करके इनको सेंड कर देंगे और जब भी इनका ईमेल आएगा हमें बार बार ये करना होगा तो ज़रूर आपके पैसे वापस आ जाएंगे मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि वो ऐसा ही करता रहा उसके पैसे वापस आ गए और उसने बहुत को सपोर्ट किया लेकिन वो कंपनी ओ एम बर्स थी और वो भी अब इन्वेस्टमेंट डेजर पे के थ्रू ही ले रही थी अगर आपने इसमें काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो आप ये काम जरूर करें मुझे उम्मीद है कि पैसे जरूर वापस आएंगे और मैं भी ट्राई कर रहा हूँ मैंने भी इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहे हम आपको स्टेप बाई स्टेप अपडेट देते रहेंगे फ्रेंड्स हम कोशिश करेंगे कि हमारा और हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर का पैसा रिफंड हो जाए इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपको पहुँच जाए और अगर आपके जहन में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं